अब बात मीडिया की जी न्यूज़ ने संस्कारधानी जबलपुर में अपने खबरों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अजय दुबे को चुना है युवा पत्रकार अजय दुबे साफ़ सुथरी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं और असल खबरों पर उनका फोकस रहता है खबरों को लेकर अजय का नजरिया एकदम साफ है अजय दुबे मूलता सिंगरौली के रहने वाले हैं और इन्होंने भोपाल से अपने पत्रकारता कैरियर की शुरुआत बतौर स्टिंगर साधना न्यूज़ से की इसके बाद ई भारत में काम करने के दौरान अजय दुबे ने समसामायिक खबरों पर खासा काम किया। अजय को न्यूज ट्वेंटी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सिंगरौली में अपना संवाददाता बनाया अब अजय की काबिलियत को देखते हुए जी न्यूज ने उन्हें जबलपुर ब्यूरो का प्रभार सौंपा है अजय दुबे बिना लाग लपेट के निर्भीक पत्रकारिता के लिए भी चर्चित रहे उम्मीद की जानी चाहिए अजय दुबे जबलपुर में जी न्यूज का इकबाल बुलंद करेंगे आज बस इतना ही आप देखते रहिए दखल न्यूज वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें